णाम <laughs> प्रणाम तो खाली कहे के बारी हो भी का देखो मारा दान चित में कहे के बारी जाना टीका भाईल देखो मारा दानु हो हसुआ चलावारी हो उड़ के हसुआ चलाव तारी के हो उड़ के छने भर में काटस का डॉनी यानी सुर के के ले बेली, खोसारा मेंिया मिसौरिया के खोस लेखाई के हिसाब का के जोश दे, हाँ दे बेली। चौवर में चावल तो खत के, चवल में का टस तो घूर के करेली कटनी है घुर घुर के टनी घूर के आ को पहले तारी तो लगा तारीपत हमर भाऊजी हो ससुर सवस निसमा हमर भाऊजी हो दौड़ी पहले लगा तारीपत हमर भाऊजी लोगे घुर घुर के कोरेली को के प्रणाम <laughs>